यजामहि सुगंधिम पुष्टि वर्धनम तू मेरी अंतरात्मा में अपनी सुगंध को बढ़ा अपनी दिव्य शांति मुझे प्रदान कर और वो शांति वो संतुष्टि घटे नहीं निरंतर बढ़ती रहे बढ़ती रहे मेरा जीवन अशांत ना हो शांति से परिपूर्ण हो सुगंध से परिपूर्ण हो सत्कर्म पुण्य कर्मों की दिव्य गंध से परिपूर्ण हो त्र्यंबकम यज सुगंधिम सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वार मृत्योर मोक्षी माता खरबुजा जैसे पकने के बाद मीठा हो जाता है सुनहरा हो जाता है कोमल हो जाता है सुगंधित हो जाता है हे प्रभु ऐसे ही मेरी आत्मा तेरी प्रभा तेरी ज्योति तेरी किरणों तेरी भक्ति तेरी उपासना आराधना तेरे तपोध्यान में पक कर, सुनहरी हो जाए सुगंधित हो जाए मृदु हो जाए और विनम्र कोमल हो जाए सबके प्रति मेरा व्यवहार मृदु हो सुगंध से भरा हो कोमलता पूर्ण हो सौम्य मेरा व्यवहार हो किसी के प्रति मेरा हृदय कटू ना हो कुटिल ना हो और जिस तरह पकने के बाद खरबूजा बेल की डंठल से स्वम अलग हो जाता है उसके बंधन से छूट जाता है ऐसे ही ये मेरा जीवात्मा इस जन्म मरण और मृत्यु के बंधन से अलग हो जाए और, और, और, और हमेशा के लिए तेरे ते चरणों ते में अर्पित हो जाए और इस और मंत्र का अगला हिस्सा त्रियंग है त्रियंबकम यजाम सुगंधिम पति वेदनम और वा में बंद ना दिता मुक्ष जिस प्रकार एक कन्या अपने मैके को त्याग के उसके प्यार को त्याग के अपने पति के यहां जाती है अपने पिछले संबंधों को एक तरफ कर देती है इसी प्रकार हे प्रभु संसार की माया प्रेम संसारिक बातों को एक तरफ करके मेरी आत्मा रूपी ये युवती तुझ पति को प्राप्त करती प्राप्त है और अपना रपी सर्वस्व रपी पूरा संसार तेरे चरणों में अर्पित करती है हे प्रभु तू कभी भी मेरा त्याग ना करे मेरे गुण अवगुणों को देख के मेरा त्याग ना करे ये इस मंत्र का अर्थ है इस अर्थ को जानते हुए जब हम इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो हमें समझ भी आएगा कि हम बोल क्या रहे हैं हम कह क्या रहे हैं और अर्थ हमें आता नहीं और इसको बोलते रहो या सुनते रहो तो उसका कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं आपके, आपके कान, कान के आपके पास, पास ऐसी भाषा बजती रहे जिसको आप तो समझते ही नहीं हो तो वो सिर में तो दर्द, दर्द ही पैदा करेगा और, और कुछ नहीं यदि कोई मंत्रों तो का उच्चारण करता है और उसके तो अर्थ को नहीं जानता तो वह केवल अपने सिर में दर्द पैदा करता है इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं तो ऋग्वेद के ऋषि कह रहे हैं ओम इहेव श्रणव ऐश्याम कषा हस्तेश्दान अपनी वाणी को और अपने कर्मों को एक जैसा बनाइए कथनी और करनी को एक जैसा बनाइए तब वो परमात्मा हमारी प्रार्थना को सुनेगा हे hey परमेश्वर मेरी आत्मा को तू अपनी आत्मा बना ले और मेरे शरीर को तू अपना शरीर बना ले हो oh. को परमेश्वर अपनी आत्मा बना ले मेरे शरीर को अपना शरीर बना ले मेरी आत्मा से तेरी ही आवाज आए मेरे शरीर से तेरा ही प्रकाश तेरी ही किरणें चमके तेरा नाम सच्चा तू सच्चा तेरा नाम सच्चा परमेश्वर तेरा नाम सच्चा परमेश्वर तेरा नाम सच्चा मेरी आत्मा को परमेश्वर मेरी आत्मा को परमेश्वर अपनी आत्मा बना ले अपनी आत्मा बना ले मेरे शरीर को अपना शरीर बना ले मेरे शरीर को अपना शरीर बना मेरे शरीर को अपना शरीर बना ले मेरे शरीर को अपना शरीर बना ले मेरी आत्मा को परमेश्वर मेरी आत्मा को परमेश्वर अपनी आत्मा बना ले अपनी आत्मा बना ले मेरे शरीर को तो अपना शरीर बना ले मेरे शरीर को तो अपना शरीर बना ले मेरे शरीर को तो अपना शरीर बना ले मेरे लरीर तू अपना शरीर बना ले तू तो सच्चा तेरा नाम सच्चा तू सच्चा तेरा नाम सचा हे परम पुरख तेरा नाम सच परम भटकता है माया के अंधेरों में जीव भटकता है माया के अंधेरों में माया के अंधेरों में जीव भटकता है कलह कलेश कले कले में दिन रात तडपता है कलह कलेश में दिन रात तड़पता है कलह कलेश में दिन रात तड़पुता है इ तू सचा तेरा नाम सच्चा सच सचा तेरा नाम सच्चा हे आदि पुरुष तेरा नाम सच्चा सच आदि पुरुष तेरा नाम कभी क्रोध के बादल हैं कभी तृष्ण की छाया है कभी क्रोध के बादल हैं कभी तृष्ण की छाया है, कभी क्रोध तो के बादल हैं कभी क्रोध के कवित्र की छाया है कवित्र श सुनक छाया है मलिन करम लेके मन दुनिया में आया है मलिन करम लेके मन दुनिया में आया है मलिन करम लेके मन दुनिया में आया है मलि परम लेके मन दुनिया में आया है मेरी आत्मा को परमेश्वर मेरी आत्मा को परमेश्वर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 अपना शरीर बना ले मेरे शरीर को तू अपना शरीर बना ले तू नाम तम सच्चू सच्चा तेरा नाम सचा परमात्मा मात तेरा नाम सच्चा हर मात मैंने अशुभ कर्म करे मैंने अशुभ चिंतन करा मैंने अशुभ कर्म करे मैंने अशुभ चिंतन करा मैंने अशुभ कर्म करे मैंने अशुभ कर्म मैंने अशुभ चिंतन करा मैंने अशुभ चिंतन करा ब्रह्म रूप गुरु के संग भवसागर नहीं तरा ब्रह्म रूप गुरु के संग भवसागर नहीं तरा ब्रह्म रूप गुरु के संग भवसागर नहीं तरा एक तो सचा तेरा नाम सचा तू सच्चा तेरा नाम सचा अजर अमर तिर नाम सच अजर अमर तीर जगत करोगी है बार बार दुख में गिरता जीव जगत करोगी है बार बार दुख में गिरता जीव जगत करोगी है जीव जगत करोगी है। बार बार दुख में गिरता बार बार दुख में गिरता देव लोप से उतर के नरकों में गिरता देवलोक से उतर के नरको में गिरता देवलोको से उतर के नरकों में गिरता देव लोक से उतर के नरकों में गिरता मेरी आत्मा को परेश्वर मेरी आत्मा को परेश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 सच्चा तेरा नाम सचा